हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं ठीक ही होंगे चलिए आज हम आपको नए टॉपिक के बारे में बताते हैं कि अगर किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको पाँच सेकंड के अंदर रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा तो हम एक ऐसा तरीक़ा ले के आएँ कि आप पाँच सेकंड के अंदर किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड तुरंत रिमूव कर सकते हैं इसके लिए आपको आ, इसके लिए आपको गूगल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और उसके बाद ये तीन डॉट जो दिख रहे हैं इस पर आ करके डेस्क साइट पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिमूव बी इसके बाद आपको रिम्यू बीजे की सबसे पहली साइड जो रिम्यू बैक ग्राउंड फ्राम ईमेज ये जो नज़र आएगी आप इस पर क्लिक करें यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके का नोटिफिकेशन नज़र आएगा जिसमें आपको अपलोड इमेज पर एक अपनी इमेज अपलोड कर देना है चलिए हम अपलोड कर देते हैं इमेज अपलोड करने के बाद ये देखिए कि इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है पूरी तरह से आप इसको ज़ूम करके भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ वो बहुत ही शानदार तरीके से जिसमें आपको कोई मेहनत या किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर इसके पीछे बैकग्राउंड कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहें लाल नीला पीला किसी भी प्रकार का आपके इस्तेमाल के बेसिस के हिसाब से तो आप लगा सकते हैं तो इसके लिए फ़ोटो पर जो एडिट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है इस फ़ोटो पर एडिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कई तरह की और कई क्वालिटी की ये फ़ोटो आ चुकी हैं जिस पे आपको पसंद हो उस पे आप लगा सकते हैं मान लीजिए कई तरह की ये फ़ोटो हैं जिनका बैकग्राउंड अलग अलग तरीके से आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तो अगर आप अपना स्वयं का खुद का कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो अपलोड बैक ग्राउंड क्लिक करके लगा सकते हैं कोई भी बैक आप लगाना चाहें लगा सकते हैं लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए आगे हम आपको और बताते हैं ये कलर पर क्लिक करें कलर पर क्लिक करने के बाद आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी इसी में से बना सकते हैं किसी भी तरह का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें तो इस पर लगा करके चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो की दुकान में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है आप अपने मोबाइल से खुद ही बना सकते हैं ये सबसे आसान तरीका है और पूरे YouTube में इस तरीका सिस्टम किसी ने नहीं आपको बताया होगा तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद दोस्तों इसी तरह आगे की कई तरह की मैं वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा जानकारी से भरी हुई तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद